तो आज हम ओपन शॉट वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर है जो पीसी में चलता है इसका ऐप जो है वो फोन में अवेलेबल है लेकिन उसमें ज़्यादा जो है वो आ, मेहनत करने की आवश्यकता है उसकी जगह अगर आप फोन में करते हैं तो आप काइन मास्टर एज कम्पेयर टू दिस ज्यादा आसान है लेकिन अगर हम पीसी में जाते हैं तो फिल्मोरा इसके अलावा जितने भी जो है सॉफ्टवेयर अवेलेबल है उनके मुकाबले में कहीं ज़्यादा जो है वो ईजी टू यूज है और फ्री में बिल्कुल ओपन रिसोर्स जो है, है हमारे लिए अवेलेबल और लगभग जितने भी आप लोगों को इंट्रो में पता चल चुका 120 प्लस टाइम जो है वो पब्लिश हो चुकी हैं टेलीकास्ट हो चुकी हैं दीक्षा पे भी और एडम पे भी तो वो सारी के सारी जो है वो इसी में ही एडिट की हुई है मेरी तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ सकते हैं हम मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं थोड़ा सा स्लो चलने का प्रयास करूँगा आज हम वीडियो कैमरा के द्वारा रिकॉर्डिंग कर सकते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जिसको स्क्रीन कास्टिंग भी हम बोलते हैं मेरी ऑलमोस्ट वीडियो मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड की गई हैं और स्क्रीन रिकॉर्ड की गई मैंने आपस में उनको मिक्स कर दिया है वो मैं आप लोगों को आज सिखाऊंगा या फिर इमेज को यूज करके भी हम वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं इसका भी एक सेशन आएगा नरेंद्र बाल्यान जी लेंगे इसका सेशन जिसको स्टॉप मोशन हम बोलते हैं तो ये चार हमारे पास में बेसिक तरीके हैं जिनसे हम वीडियो को क्रिएट कर सकते हैं एडिट कैसे कर सकते हैं ओपन शोट सॉफ्टवेयर के द्वारा हम एडिट कर सकते हैं जिसका आज सेशन है पावर डायरेक्टर एक ऐप है जो हम यूज करते हैं काफी अध्यापक साथी जो हैं वो यूज करते हैं पावर डायरेक्टर ऐप का वीडियो एडिटिंग के लिए काइन मास्टर के तो आप सभी मास्टर बन चुके हैं क्योंकि आपने उसकी ट्रेनिंग ले ली है या फिर इसके अलावा और भी बहुत सारे अवेलेबल हैं वीडियो एडिटिंग के लिए लगभग सभी के सभी पेड होते हैं उसमें बेसिक बेसिक चीजें जो है वो डाल दी जाती है और जब हम उसमें थोड़ा सा अधिक करने का प्रयास करते हैं तो फिर वहां पर आ जाते हैं कि आप इसकी पेमेंट कीजिए तो ये तीन चार तरीके मैंने आपको बताए हैं जिसमें हम एडिट कर सकते हैं अब थोड़ा सा ओपन शॉट के बारे में आपके साथ में मैं साझा कर लेता हूं। 2008 में ओपन शॉट जो है वो मार्केट में हमारे लिए अवेलेबल हो गया था जो कि जोनाथन थॉमस जो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर थे नॉर्थ टेक्सास यूएसए के उन्होंने इसको डेवलप किया था अवार्ड विनिंग सॉफ्टवेयर रहा है ये और लाइनेक्स मैक या विंडोज पे हम तीनों पे ही जो है तीनों ऑपरेटिंग सिस्टम में हम इसको यूज कर पाते हैं लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट वर्जन जो है ओपन शॉट एडिटर का जो है वो हम डाउनलोड कर सकते हैं उसकी ऑफिशियल साइट से वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा ओपन शोट कैन क्रिएट स्टनिंग वीडियोस बहुत बढ़िया वीडियोस बनाने के काम आता है फिल्म एडिटर्स इसका यूज करते हैं एनिमेशन क्रिएट करने के काम आता है ये तो बहुत सारे फीचर्स इसके अंदर जो है वो अवेलेबल है अब जो है वो ये बहुत अच्छे ढंग से रन करता है मल्टी कोर प्रोसेसर सिक्सटी फोर बिट का सपोर्ट करता है यानी आप आज के समय की बात करें मैं कहूँ तो पिछले दस साल के अंदर जो जो टेक्नोलॉजी के साथ में हमें पीसी अवेलेबल हुए हैं उन सभी पे बढ़िया काम करता है ये सभी 64 बिट को सपोर्ट करते हैं रैम की आवश्यकता पड़ती है चार जीबी रैम की जो है वो चाहिए 500 एमबी की हार्ड की जो है वो इसके लिए जरूरत पड़ती है तो हमारे पास तो जीबी में होती है ये तो पाँच सौ बहुत छोटा हो जाता है इतना तो हम फोन में भी जो है वो हमारा डाटा अवेलेबल रहता है खाली रहता है फीचर्स इसके अंदर क्या क्या हैं उसका और फिर कर लेते हैं साथ के साथ एक क्लोज प्लेटफॉर्म है जो बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पे सपोर्ट करता है अल्टीमेट ट्रैक्स मैं प्रैक्टिकल वर्जन सिखाऊंगा वहां बताऊंगा कि ट्रैक्स हम किस कहते हैं ऑडियो ट्रैक बैकग्राउंड वीडियोज वाटर मार्क्स वगैरह टाइटल एडिटर इसके अंदर हम शुरू में आप लोगों ने देखा होगा वीडियोज में शुरू में टाइटल आता है उस वीडियो का वो हम लगा सकते हैं बड़ी आसानी से या फिर एजुसेट के ऊपर आपने देखा होगा Uh, का ऑडियो तो एड की जा सकती है इसी आज के इसमें सेशन के अंदर आपको वो ओडेसिटी वाला महत्व भी समझ में आ जाएगा की क्यों ओडेसिटी को इससे पहले रखा गया था ट्रिम कर सकते हैं सलाइज कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को आज समझ में आएगा वीडियो इफेक्ट्स डाल सकते हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि कौन-कौन से इफेक्ट्स इसके अंदर काम कर सकते हैं आ, मैंने एक बात शुरू में भी कही थी फिर से कहता हूं ई कंटेंट के लिए जो जो मेन बेसिक फंक्शन इसके अंदर हमारे लिए जरूरी हैं सीखने के लिए मैं उनके ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा थ्री डी एनिमेशन इसके अंदर हम एड कर सकते हैं कल या फिर परसों एक अध्यापक साथी ने कहा था वो जी आई एफ इफेक्ट हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और जो वीडियो की तरह चलते हुए नजर आते हैं वो भी इसके अंदर सपोर्ट होता है मोर देन सेवेंटी लैंग्वेजेस को ये सपोर्ट करता है एनिमेशन की फ्रेम इसके अंदर हम ऐड कर सकते हैं स्लाइड एड कर सकते हैं फेड अपेड इन फेड आउट जो है हमने ओडेसिटी के अंदर जो सीखा था इसमें ऑडियो और वीडियो दोनों में काम कर देता है बाउंस करते हुए कैसे हम पिक्चर को ला सकते हैं इस तरह की चीजें जो है वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा ऑडियो इसके अंदर दिखाई देती हैं मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कैसे दिखाई देती है वेव फॉर्म से हमें क्या पता चल जाता है कि कहा साउंड ऊंचा है कहाँ साउंड कम है स्लो मोशन इसके अंदर टाइम इफेक्ट इसके अंदर हम डाल सकते हैं कि कब मेरी पिक्चर दिखाई दे और कब ऑटोमेटिकली हट जाए सिंपल यूजर इंटरफेस है मतलब जो-जो चीजें इसके आ, यूज करने वाले हैं वो बिल्कुल यूजर फ्रेंडली हैं आसानी से समझ में आने वाली मैं साथ साथ आपके चैट मैसेज भी पढ़ता रहूंगा ठीक है चलिए कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बीच में डाल सकते हैं मैं कोशिश करूंगा चैट मैसेज पढ़ने की डाउनलोड ओपन शोट वीडियो एडिटर कहां करेंगे गूगल सर्च ओपन करेंगे और ओपन शॉट वीडियो एडिटर आप लिखिएगा और जैसे ही सर्च करेंगे तो पहली जो वेबसाइट खुलेगी ओपन शॉट डॉट जैसे आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे वहाँ डाउनलोड लिखा हुआ है आप वहाँ क्लिक कीजिए और चार पांच वर्जन आपको वो दिखाएगा उनमें से जो आपको डाउनलोड करना है कर लीजिए अभी लेटेस्ट वर्जन इसका आ चुका है लेकिन इफेक्टिवली अभी काम नहीं कर रहा है क्योंकि उसके अंदर क्या होता है जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो लैब के अंदर टेस्टिंग होती है फिर उसके बाद में उसको अवेलेबल कर दिया जाता है यूजर्स के लिए फिर यूजर अपने अकॉर्डिंग जब उसको यूज करता है तो फिर उसके अंदर जो कमियां आती है फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर धीरे धीरे उसको रिमूव करते चले जाते हैं देखिए कुछ जब आ, मैं आपके लिए आपके सामने जब लाइव प्रैक्टिकल जो है वो इसका शुरू करूंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देगा दे दे इसके बाद में ये जो आ, छोटी विंडो उसके जस्ट नीचे नजर आ रही है रेक्टेंगल की फॉर्म में यहाँ पर हम फाइलें जो है वो हमारी दिखाई देंगी सारी की सारी ट्रांजेक्शन हमारी दिखाई देंगी इफेक्ट हमारे दिखाई देंगे राइट uh, साइड right में ये जो छोटा सा स्क्वेयर के रूप में जो बॉक्स दिखाई दे रहा है ये प्रीव्यू विंडो है हमारी वीडियो को यहाँ पर दिखाएगा वो कि कैसे चल रही है क्या इफेक्ट इसके अंदर लग गया क्या ठीक लग गया या नहीं लग गया इस तरह की चीजें दिखाई देंगी उसके नीचे हम चलते हैं जहाँ एडिटिंग टूल्स लिखा हुआ है जब प्रैक्टिकल मैं आप लोगों को करूँगा तो फिर इन सभी के बारे में वहां बताऊंगा फिर जो इसका एक मेन फीचर आया था कि इसमें हम ट्रैक्स एड कर सकते हैं ये जो नीचे ट्रैक फाइव ट्रैक फोर ट्रैक थ्री लिखा हुआ है ऐसी हम ट्रैक्स बहुत सारी जोड़ सकते हैं ट्रैक क्या होता है मान लीजिए फोर ट्रैक में मैं ऑडियो जो है यहां पर अपलोड कर दिया ट्रैक फाइव में मैंने वीडियो डाल दी ट्रैक सिक्स में मैंने इमेजेस डाल दी इस प्रकार से ट्रैक जो है वो काम करते हैं थैंक यू बलबीर जी चलिए प्रैक्टिकल शुरू करते हैं उसका डैम हो मैं आप लोगों को देता हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आप लोगों को बड़ी आसानी से यह समझ में आ जाएगा सिर्फ कंसंट्रेशन मेरे साथ में रखिएगा तो डेस्कटॉप आ गए हैं हम अगर आप कहें तो मैं आपको गूगल वाला भी दिखा देता हूं वैसे तो उसमें पिक्चर में बिल्कुल क्लियर साफ दिख रहा था फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्रोम मैंने ओपन कर लिया ये सर्च इंजन आ गया इसका ओपन शोट एडिटर आप लिखेंगे तो आ जाएगा ये ये देखिए बिल्कुल पहले नंबर पे जो आ गया और यहाँ डाउनलोड्स लिखा हुआ है, आप इस पे चले जाइए सीधा ये डाउनलोड आ गया और यहां पर ये लिखा हुआ है डाउनलोड वर्जन 2.6.1 ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है तो आप यहां से डाउनलोड इसको तो कर सकते हैं 64 बिट इंस्टॉलर चाहिए इसमें वो मैंने शुरू में आपको बताया था आज, पिछले 10 साल से जितने भी पीसी जितने भी लैपटॉप अब प्रैक्टिकल वर्जन पे चलते हैं ठीक है कोई क्वेरी है तो आप चैटबॉक्स में डाल सकते हैं अरुण सर अवेलेबल है इस प्रकार का जो है जब हम इंस्टॉल करेंगे तो इस प्रकार का आइकॉन जो है वो बन जाएगा इसका ओपन शॉट वीडियो एडिटर का जैसे इस चलता हूं सबसे तो पहले फाइल मेन्यू है जिसमें न्यू प्रोजेक्ट है जब भी कोई हम न्यू प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो हम यहाँ क्लिक करके शुरू कर सकते हैं ओपन प्रोजेक्ट है अगर कोई हमने प्रोजेक्ट सेव किया हुआ है इसके अंदर तो यहाँ ओपन करेंगे तो हम उस प्रोजेक्ट को बिल्कुल ओपन कर सकते हैं जैसे वर्ड वाली फाइल में या प्रेजेंटेशन वाली फाइल में या एक्सेल वाली फाइल में करते हैं सेम रीसेंट प्रोजेक्ट में जाएंगे तो जो जो पहले प्रोजेक्ट जो किए हुए हैं लास्ट टेन वो यहाँ पर आपको शो कर देगा आप डायरेक्टली भी यहाँ से शुरू कर सकते हैं सेव प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे तो जो करंट में जो प्रोजेक्ट चल रहा होगा उसको सेव कर लेगा करेंगे, तो नया नाम हम उसको दे सकते हैं सेम फीचर वाले वर्ड वाले इम्पोर्ट ये प्लस वाला साइन है देखिए कहांपोर्ट तो कहां का मतलब एड करनी है यहाँ पे हमें फाइल चूज प्रोफाइल आपको करना है तो मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूं साथ के साथ ये जो प्रोफाइल है हम यहाँ से चूज कर सकते हैं मैंने बाई डिफॉल्ट इसका साइज मोबाइल थ्री सिक्सटी पी रखा हुआ है छोटा साइज है ये आप इसको यहाँ से जैसा चाहे चेंज कर सकते हैं जब हम एचडी डी जहां जहां लिखा हुआ है पर एसडी की फॉर्म में ये सारे के सारे प्रीव्यू दिखाएगा तो बहुत सारे इसमें ऑप्शंस हैं ये देखिए अनलिमिटेड ऑप्शन की तरह दे रखे इसने फोर के के रूप में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और डीवीडी की फॉर्म में कर सकते हैं डीवीडी तो चलो गया जमाना हो गया अब तो हम मेनली क्या लेते हैं एस टी वन जीरो एट जीरो हम लेके चलते हैं जो कि हाई डेफिनेशन बहुत बढ़िया जो है वो रिजोल्यूशन के अंदर हम वीडियो क्रिएट कर सकते हैं तो आप यहां से इसको चेंज कर सकते हैं मैं मोबाइल थ्री सिक्सटी रखता हूँ इसको फिर उसके बाद हमें एक्सपोर्ट वीडियो एक्सपोर्ट पे करेंगे तो जो हमने इस पे वीडियो एडिटिंग का काम कर लिया तो एक्सपोर्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वो सेव होने शुरू हो जाएगी इसको करेंगे तो ये बाहर निकल जाएंगे सेकंड सेकंड वाले वाले ऑप्शन ऑप्शन पे पे चलते हैं। पे चलते हैं। हैं। एडिट इसमें अंडू रीटू सेम वही कमांड है सेम टू सेम कंट्रोल जेड कंट्रोल एक्स क्लियर हिस्ट्री करेंगे तो इसकी हिस्ट्री बिल्कुल क्लियर हो जाएगी जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट है सब खत्म हो जाएंगे प्रेफरेंस के अंदर आप को कोई भी चीज छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है बाई डिफॉल्ट जैसा है उसको वैसा ही रहने दें अपनी छेड़छाड़ करने की अपने आप सेव हो जाता है आप इसको कम करना चाहें आप कम कर सकते हैं ज्यादा करना चाहे ज्यादा कर सकते हैं जैसा आपको सुटेबल कैशे मेमोरी बड़ी रहने दीजिए जितने ज्यादा कैसे मेमोरी होगी उतना ही स्पीडली ये वर्क करेगा ये इसके अलावा और कोई भी ये शॉर्ट कमांड्स हैं इनको की ज़रूरत नहीं है बाय डिफॉल्ट जैसा है इसको वैसा ही रहने दीजिए टाइटल वाला जब मैं वीडियो एडिट करूंगा तब मैं इसका फंक्शन बताऊंगा कि कैसे टाइटल क्रिएट करते हैं व्यू के अंदर जो है वो फुल स्क्रीन कर सकते हैं अब आपको फुल स्क्रीन दिखाई दे रहा है वापिस उसे में आ जाते हैं फुल स्क्रीन से एडिट एग्जिट हो जाते हैं तो ऐसा दिखाई देगा उसके नीचे चलते हैं यहाँ पर जो ये प्रोजेक्ट फाइल लिखा हुआ है ये जो बड़ा सा बॉक्स है लेफ्ट साइड में बॉक्स पर जो फाइलें हम एडिट के लिए ऐड करेंगे वो सारी की सारी यहाँ शो होंगी मैं साथ में तीन तरीके हैं या तो यहाँ पर ये यह जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है आप यहाँ से क्लिक करके एड कर सकते हैं या फिर फाइल में जाके ये जो इम्पोर्ट फाइल का है यहाँ से एड कर सकते हैं या फिर तीसरा तरीका जो है इसको शोर्ट कर लेता हूं ऐसे शोर्ट कर लेता हूं और जहां मेरी फाइल रखी होगी वहां से मैं इसमें ड्रैग कर लूंगा मैं आपको करके दिखाता हूं आप आपको दिखा देता हूं एक वीडियो एडिट करने में कितनी सारी फाइलों की जरूरत पड़ सकती है देखिये जितने भी आपको अभी दिखा रही ये सबी की, सबी एक ही वीडियो में की हुई जहां जहां जिस, जिस इमेज का जिक्र हुआ वहां वहां मैंने उसको यूज किया जैसे की कि इन्वायरमेंट चेंज के लिए जहां पर इन्वायरमेंट चेंज की बात आई तो मैंने ये पिक्चर वहां वीडियो में लगाई हुई है या फिर पॉल्यूशन की अगर बात चली तो मैंने पॉल्यूशन की ये इमेज जो है वहां पर की हुई है। ये सारी जितनी भी इमेजेस मैंने डाउनलोड कर रखी ये सभी आप लोगों को मैंने सिखाई थी आप कहा से कॉपीराइट फ्री ढूंढ सकते हैं फाइल नॉट फाइनल वाली कर लेता हूं, कर हूं। मैं इस प्रकार से भी आप ट्रैक करके यहाँ पर एड कर सकते हैं इमेज एड करना चाहें इमेज एड हो जाएगी यहाँ पे एक ऑडियो फाइल और थी इसमें ऑडियो फाइल ऐड करना चाहे ऑडियो फाइल ऐड हो जाएगी तो ये तीनों चीजें मैं आप लोगों को इसके साथ में चलिए अब उसके अंदर जो है वो ये एक और जो है ये छोटी छोटी लाइनें आपको डॉट डॉट दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर भी दिखाई दे रही है इसको पकड़ के हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं ऐसे यहां पर भी है ये ऐसे छोटा बड़ा हो सकता है ठीक है चलिए अब ट्रैक्स का जिक्र उसमें चला था कुछ ट्रैक्स होती हैं हैं ये पर दिखाई दे रही ट्रेक 5, ट्रेक 4, ट्रेक 3, ट्रेक 2, आप देख पा रहे होंगे पे तो है तो सबसे पहले इस फाइल में एड करने का तरीका मैं आपको तो बताता हूँ ये वाली वीडियो फाइल है आप इसको पकड़िए और इसके ऊपर इसको छोड़ दीजिए आप देखिए प्रिव्यू भी अवेलेबल हो गया और ये फाइल भी एड हो गए ये इमेज भी मुझे चाहिए ये मान लीजिए ऑडियो भी मुझे चाहिए पहले बेसिक बेसिक चीजों पे चलते हैं फिर इनको ऐड करते हैं आप प्रीव्यू देख पा रहे हैं मैं इसको रन करता हूँ आप लोग इतना तो अब तक समझ गए होंगे कि दो कोई भी पीसी कोई भी सिस्टम दो जगह से आवाज इनपुट आउटपुट नहीं करने में अपने आप को समर्थ पाता तो मेरी आवाज आप जूम के थ्रू सुन रहे हैं तो वीडियो की आवाज आप लोगों तक तो नहीं पहुँच पाएगी ठीक है तो आप लोगों ने देखा ये मैंने थोड़ी सी रन करके दिखाई है आपको और यहाँ पर जो ये नीचे ट्रैक है ये भी ऑटोमेटिकली जो है है वो इसके साथ साथ चलता रहता प्रीव्यू इसलिए दिखाया जा रहा है यहां पर ताकि कोई भी एडिटिंग आप करें तो यहाँ पर आप प्रीव्यू देख लें नहीं अगर प्रिव्यू होगा तो आप उस फाइल को सेव कर लेंगे उसके बाद उसको रन करेंगे तो कोई फिर देखेंगे फिर दोबारा एडिट करनी पड़ेगी तो इसलिए साथ के साथ प्रिव्यू दिखाता है ये एक इसका बढ़िया ऑप्शन है चलिए अब ये वाले छोटे ऑप्शन जो है ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या ये प्लस वाला साइन जो है ये ट्रैक को ऐड करने के लिए है मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया यहाँ से सीधा पकड़िए और यहाँ ऐड कर दीजिए आसान वाला तरीका ये जो साइड में उल्टा सी बना हुआ है ये मैग्नेट है चुंबक क्या काम आएगा मैं आपको करके दिखा देता हूं देखिए मान लीजिए दो चीजें मुझे जोड़नी है इसके अंदर अगर ये मैगनेट जो है वो जो है अनेबल होगा बाय डिफॉल्ट ऐसा हो सकता है ये आपको इसके टिक करके इसको अनेबल कर लेना तो क्या होगा ये इसके साथ में इसके साथ में मुझे इस वाली फाइल को जोड़ना है तो इसके साथ चिपक जाएगा ये ऐसे ऐसे चिपक जाएगा इसको छोड़ देंगे इसके साथ में अटैच हो जाएगा तो ये आपको हमेशा अनेबल रखना है ये आपकी सबसे ज्यादा मदद करेगा जब आप किसी भी वीडियो की कटिंग करेंगे या कोई भी नई चीज उस वीडियो में एड इसके बाद में ये, सीजर बना हुआ है। ये कटिंग के लिए है, रेजर टू। ऐसे और जहां पर भी कट करना है मान लीजिए यहाँ कट करना है आप यहाँ पर आकर इसको लाएंगे और इसको क्लिक कर देंगे ये आपको कट कर देगा आपको ध्यान क्या रखना है जैसे ही आप कट कर करें आप सीजर पे दोबारा क्लिक करके इसको जो है वो अनेबल इसका खत्म अब देखिए से इसने इसके हिस्से कर। मैं इसका और भी तरीका आपको बताऊंगा एक ही तरीके में आपको नहीं रख। फिर इसके साथ में ये जो उल्टा जो स्क्वायर ये बना हुआ है ट्राइंगल ये एड मारकर है मान लीजिए मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा हूँ और मुझे लगा कि यहाँ से और यहाँ तक मुझे इसको एडिट करना है तो बार बार इस चीज को वापस जाके ना सुनना पड़े तो आ, मार्कर जो है इस काम यहाँ का मैं तो से मैंने उसको रिमूव करना है चीज को और मान लीजिए यहाँ तक जो है मेरा वीडियो सही नहीं बना बीच में डिस्टर्बेंस ज्यादा थी तो एक मार्कर और एड कर देता हूँ देखिये अब दो मार्कर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये मेरी याद के लिए है मेरी उसके लिए है कि इसके बीच वाला जो है पोर्शन मेरे को खत्म करना है एडिट करना है अब देखिए इसका फायदा यहाँ पर ये के बना हुआ है प्रीवियस मार्कर के लिए है, उल्टा के बना हुआ है ये नेक्स्ट मार्कर के लिए है अब देखिए अब इसके बीच में मुझे परफेक्ट यहाँ पर लेके जाना है जहां मैंने मार्कर फिट किया था तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए प्रीवियस मार्कर पे चला गया अब यहाँ से मुझे कट करना है कट कर देंगे हम सीजर रेजर वाला टूल यूज करके नेक्स्ट मार्कर पे जाना है नेक्स्ट मार्कर पे चलेंगे ये इसका सबसे बड़ा एक फायदा है आप एडिट करते चले मार्कर लगाते चले जो हिस्सा आपको हटाना है आप यहां से हटा सकते हैं ऐसे फिर इसके साथ में ये प्लस का निशान है और यहीं दूर चले तो माइनस का है ये इस ट्रैक को छोटा बड़ा करने के काम आएगा देखिए मैं आपको करके दिखाता हूं आप प्लस का निशान लगाएंगे तो देखिये ये ट्रैक जो है काफी बड़ी हो गई ट्रैक बड़ी कर कर ही हम एडिटिंग करते हैं इससे जो है ये पोर्सन जो है वो सेकेंडो में बढ़ जाता है जो हमारी वीडियो है सेकेंडो में बटेगा तो कटिंग करने में एडिटिंग करने में बहुत आसानी होगी मैं इसको थोड़ा सा छोटा करता हूँ देखिए माइनस करता हूँ तो ये छोटे होते चले गए तो जितना छोटा होगा वो मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा और मिनट्स में जब हम करेंगे तो उसको एडिट करने में हमें थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है मैं इसको वापिस कर देता हूँ देखिये अब आसान ठीक तो ये छोटे छोटे फंक्शन में आने आपको बता दिए यहां पर जो यहां पर ये यह अवेलेबल हैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा मान लीजिए ट्रैक खत्म हो जाती हैं तो मैं यहां से एड ट्रैक इसके ऊपर एड करनी है तो ऊपर एड हो जाएगी देखिए ऊपर आ गई इसके रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं इसके नीचे ट्रैक एड करनी है तो नीचे ऐड हो जाएगी ये देखिए ये छठा नंबर हो गया इसका ट्रैक का और ये पांचवी आ गई रिमूव करना चाहें तो रिमूव कर सकते हैं ट्रैक का नाम चेंज करना चाहे नेम कर सकते हैं लोक करना चाहे लोक कर दीजिए लोक करेंगे तो ऊपर नीचे इसकी ऐड नहीं होंगी इसकी आपको आवश्यकता आप नहीं पड़ेगी नीचे वाले तीनों ट्रैक्स की। तो ये अब आपको मैं कटिंग करने सिखाता हूँ इसकी मान लीजिए इस वाले हिस्से का मुझे कटिंग करना है इसको साइड कर देता हूँ इस वाले हिस्से का जो बिल्कुल स्टार्टिंग में है एक तो ये वाला रेजर वाला टूल है इसकी हम हेल्प ले सकते हैं ये वाले जो बटन हैं आगे पीछे करने के लिए हैं ये जो बिल्कुल कॉर्नर पे है ये स्टार्टिंग में ले जाएगा इसको करसर को ये वाला धीरे धीरे लेके जाएगा ये प्ले के लिए है ये फास्ट फॉरवर्ड के लिए है ये बिल्कुल एंड में ले जाने के लिए है ठीक है तो सिर्फ इस वाले पोर्शन में आपको दिखाता हूं कि कटिंग कैसे करते हैं रन करता हूं फिर कट करता हूं मान लीजिए ये शुरू वाला हिस्सा मुझे काटना था फिर से दिखाता तो ये दो हिस्से हो गए और वापिस इस रेजर को क्लिक कर दीजिए अगर नहीं करेंगे तो सारों के हिस्से कर देगा ये धीरे धीरे दूसरा तरीका आपको सिखाता हूँ जो अक्सर मैं यूज करता रहता हूं बिल्कुल आसान है शुरुआत में लेके चलते हैं और इसको रन करते हैं मान लीजिए यहां कटिंग करनी है मुझे तो इस वाले वीडियो पार्ट की मुझे एडिटिंग करनी है पहले पोर्सन भी बैक और फ्रंट रेड हो जाते हैं हमें इसको एडिट करना है मैं इस पर टिक करता हूं अब इसके बैक फ्रंट एडिट हैं इसके ऊपर सारे के सारे फंक्शन जो है वो वर्क कर राइट क्लिक करता हूं यहाँ पर लिखा हुआ स्लाइस पे जैसे ही हम जाते हैं तो तीन ऑप्शन अनेबल कर देता है कीप बोथ साइड कीप लेफ्ट लेफ्ट साइड साइड साइड कीप राइट तो तो हमें ले तो रिमूव करनी है राइट right साइड रखनी है तो कीप राइट साइड में कर देता हूं और ये उसके शुरू वाले पोर्शन को गायब कर देता है फिर से करके दिखाता हूं अंडू और रीडू इसमें ऑप्शन चलते हैं मैंने आपको बताया था मान लीजिए यहाँ आके मुझे इसका लेफ्ट साइड जो है मुझे नहीं चाहिए मुझे यहाँ से हटाना है और मुझे सिर्फ इसका राइट वाला साइड चाहिए ये वाला राइट साइड तो मैं क्या करता हूं राइट क्लिक करता हूं स्लाइज पे जाता हूं और कीप राइट साइड पे टिक कर देता हूं लेफ्ट साइड ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया तो मैंने आपको वीडियो कट करने के दो तरीके आपको बताए अब मान लीजिए शुरुआत से रन करता हूं इसको ये वाला मान लीजिए यहां से लेकर और यहां तक जहां पर इसके बीच वाला हिस्सा मुझे रिमूव करना है शुरू वाला वाला वाला भी भी मुझे मुझे रखना रखना, है, है, और इसके बाद हिस्सा बीच रिमूव करना है, तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूं पहला तो यहां से शुरू करना है मुझे स्लाइस करना की कर लूंगा यानी कि दोनों हिस्से मुझे चाहिए अब इसने दो हिस्से इसके कन्वर्ट कर दिए यहां से मुझे इसको शुरू करना है यानी कि ये वाला जो हिस्सा इसमें बच गया इसको मैंने हटाना है तो वही तरीका है राइट क्लिक करके स्लाइस में जाएंगे और कीप राइट साइड में रख लूंगा अब देखिए बीच वाला हिस्सा इसका चला गया अब मुझे इन दोनों को जोड़ना है तो मैं इसको पकड़ूंगा और इसके पास लाके छोड़ दूंगा छोड़ने से क्या होगा जो मैग्नेट इफेक्ट हमने इसके ऊपर रखा हुआ है ऑटोमेटिकली इन दोनों पोर्सन को आपस में जोड़ देगा चलिए रन करके दिखाता हूं कैसा दिखता है देखिए अब वो वो वाला हिस्सा जो है है गायब हो गया कोई कोई अभी तक कोई क्वेरी है तो आप पूछ, सकते हैं, कोई भी में पूछ रहे हैं पार्टिसिपेंट की फोन में ये ओपन शॉट नाम से यही मिलेगा या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर मिलेगा फोन में ओपन शॉट के नाम से है अरुण जी लेकिन टू और पावर डायरेक्टर उनके कंपेयर में थोड़ा डिफिकल्ट है हाँ, कि कि प्रेफर ये ये रहेगा कंप्यूटर कंप्यूटर में ही करें हाँ, के लिए बेस्ट है जी जी सर हेलो हेलो सर नमस्कार सर ये ना इसके अंदर जो आपने ये जो ऊपर वाला फॉरवर्ड और बैकवर्ड के पीछे व्हाइट सा जो इसमें दिखा रखा साइन सा जी जी ये इसमें मैंने डाउनलोड किया इसमें है नहीं इसमें सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का है ग्रीन लाइन और रेड लाइन ऐसे दिखा रखी है तो कैसे आपने, इसको आपने पीसी में पीसी में क्या है ना डाउनलोड हाँ जी डाउनलोड हाँ, कर हाँ, रखा सामने रखा हुआ है ठीक है कोई बात नहीं अभी जो जो हमें आपको डाउनलोड करना बताया था टू पॉइंट सिक्स पॉइंट वन लिया वो लेटेस्ट वर्जन है मैं जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ उससे पहले वाला वर्जन है ओके ओके में देख रहे होंगे अपडेट अवेलेबल लिखा हुआ है क्योंकि लेटेस्ट आया उसमें बहुत सारे फंक्शन एड किए लेकिन अभी वो परफेक्टली काम नहीं कर रहा तो इसीलिए उससे पहले वाला वर्जन हम अभी यूज कर रहे हैं ठीक है जी ठीक है सर जी एक चैट में मैसेज आया हुआ था वेलकम सर अंडू ऑप्शन ये बोला गया है जी जी जी हाँ, जी जी अंडू के लिए जैसे हम वर्ड में अंडू करते हैं एमएस वर्ड में सेम वही फंक्शन काम करते हैं इसके अंदर आप कंट्रोल प्लस जेड करेंगे तो अंडू हो जाएगा देखिए मैं करके दिखाता हूँ आप मोमेंट जो है वो चेक कर पा रहे होंगे ये देखिए बिल्कुल वर्ड वाला है कंट्रोल प्लस में जेड जी चलिए आगे चलते हैं तो मैंने कुछ इसके पार्ट करके दिखाए आपको फिर से एक बार दिखाता हूँ बहुत ही आसान है बिल्कुल ध्यान से देखिएगा इस पर राइट क्लिक कर लीजिए इस पोर्शन के अंदर जिसको भी आप एडिट करना चाहते हैं कंडीशन यही है कि सबसे पहले आपको उसको करना पड़ेगा जैसे सिलेक्ट का जो है वो क्या तरीका है ये इसके जो है आ, बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों रेड कलर के हो जाएंगे इट मीनस ये सेलेक्ट हो गए अब ये वाला जो कर्सर है जो आप लोगों को हिलता हुआ नजर आ रहा है ये जहां होगा वहां से इफेक्ट उसके ऊपर आएगा मान लीजिए यहां पर है बिल्कुल सेंटर में और मैं यहां राइट क्लिक करके स्लाइस करता फिर दूसरा तरीका जो मैंने आपको बताया था अंडू वाले जो है थोड़ी जो क्वेरी आई है प्लस में, में कर रहा हूं, आप देखिएगा ये वापिस वैसा ही हो जाएगा ये देखिए फिर से कंप्लीट वीडियो बन गए सॉरी <coughs> ये आप जब तक अंडू कर सकते हैं जब तक आप इसको क्लोज नहीं करते तब तक undo ये काम करता रहेगा। लेकिन जब काफी सारी एडिटिंग हम कर देते हैं तो फिर अंडू आप बचे उस अंडू से क्योंकि पिछली आपकी सारी एडिटिंग को खराब कर देगा वो तो कोशिश करें एक पार्ट आपने एडिट कर लिया तो उसी को पहले एक बार फाइनलाइज करके देख लें फिर उसके बाद अगले पार्ट पे बढ़े चलिए अगले फंक्शन पे चलता हूँ अब मैं आपको इमेज एड करनी सिखाता हूँ जैसे एस सी आर टी की ये इमेज है हमें एस सी आर टी बोलती है कि आप इमेज करिए इसको आगे पीछे क्या करना है आप इसको पकड़ लीजिए और आगे पीछे ऐसे कर सकते हैं मैंने ये कर दिया इमेज ऐड करके दिखाता हूँ आपको अब शुरुआत में इमेज चाहिए एस सी आर टी हमसे डिमांड करती है तो मैं क्या करता हूँ इस इमेज को उठाता हूँ और यहाँ छोड़ देता हूँ इसको बिल्कुल स्टार्टिंग और ये जो ब्लू कलर का हो गया है छोटा सा इसका बहुत बढ़िया इफेक्ट आपको नजर आएगा अभी मैं आपको दिखाता हूँ रन करके अब इमेज आपको दिख रही है ऐड हो गई है अब देखिए शुरू में ऐसे ही वीडियो चलेगी आपकी जो इमेज दिखाई देगी इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं मैं छोटा बड़ा कर सकते हैं इस इफेक्ट को इतना बड़ा करता हूँ फिर दिखाता हूँ देखिए मैं देखा आपने उसकी विजिबिलिटी को कम कर दिया और हमारी वीडियो की विजिबिलिटी को उसने बढ़ा दिया फिर से देखिए क्योंकि यही कुछ ऐसे फंक्शन है जो हमें बार बार यूज करने हैं। मेरे ख्याल से सभी साथी इस इफेक्ट को समझ गए होंगे अच्छा इमेज को छोटा बड़ा करना दिखाता हूं मैं आपको मान लीजिए इस इफेक्ट को आपको हटाना है तो इसको सेलेक्ट करके आप डिलीट वाला बटन प्रेस करिए तो यह हट जाएगा अब इमेज को छोटा बड़ा करना है तो वही तीन चार तरीके हैं हमारे पास में कटिंग वाला तो सेम है आप राइट क्लिक करके स्लाइस करके कर सकते हैं कि बोर्ड साइड रखना चाहें बोर्ड साइड लेफ्ट रखना चाहें लेफ्ट राइट रखना चाहे राइट नहीं तो इमेज के लिए तो यहाँ वाला कॉर्नर पकड़ के भी इसको छोटा बड़ा आप कर सकते हैं ये देखिए जितना करना चाहे उतना कर रही Normally, जब आप ई कंटेंट वीडियो तैयार करेंगे तो आप पांच से सेकंड की इस इमेज को रखिएगा स्टार्टिंग में में उसके साथ में हम इसको वीडियो को इसको अटैच कर देंगे फिर इस वीडियो को अटैच कर देंगे अब चलाकर देख लेते हैं इसको शुरू में पांच सेकंड इमेज चलेगी उसके बाद में हमारी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी ठीक है चलिए आगे चलते हैं अब थोड़ा सा ओडेसिटी वाला मैं आपको बताता हूं जहां हमने अपनी को एडिट किया था। अब वो अभी भी उसकी ओरिजिनल वॉइस है जिसमें काफी सारा साउंड अवेलेबल है अब उसकी जगह पर मैं ये एडिट की हुई ओडेसिटी से एडिट की हुई वॉयस यहाँ पर एड करता हूँ तो आपको क्या करना है मान लीजिए इस पोर्सन की आपको कम हटानी है तो राइट क्लिक करते हैं सेपरेट ऑडियो में जाते हैं, और सिंगल क्लिक आल चैनल पे टिक कर देते हैं थोड़ा सा समय लेता है लेकिन अब देखिए इसके दो पार्ट इसने कर दिए अपने आप ही जो ऊपर वाला हिस्सा ट्रैक फाइव में आपको दिखाई दे रहा है वो साउंडलेस हो गया है उसमें कोई वॉइस नहीं है लेकिन वीडियो है उसके अंदर और जो ये नीचे वाला हिस्सा जिसको सेव कर रहा है ट्रैक नंबर फोर पे जहां आल चैनल लिखा हुआ इसका ऑडियो है तो अभी थोड़ा सा सेव होने में थोड़ा टाइम लेगा ये क्योंकि हमारा पीसी कई सारी चीजों को इकट्ठे मैनेज कर रहा है तो जैसे ही ये यह यहाँ से रिमूव जो सर्चिंग वाला ये ऑप्शन जो सर्कल में घूम रहा है जैसे ही ये रिमूव होगा जैसे हो गया अब रिमूव तो एक उसमें और ऑप्शन आया था जो मैंने फीचर्स बताए थे वेव्स दिखाता है ये साउंड के ये वेव्स हैं ये वाले ये जो शुरू में है ये बिल्कुल ब्लैंक है यहाँ पर आप नहीं बोल रहे हैं जहाँ पर ये वेव अप डाउन हो रहे है यहाँ पर आपका साउंड है इसको भी हम कम-ज्यादा कर सकते हैं अभी मैं आपको दिखाता हूं फिलहाल ये जो हमने अपनी वीडियो में से जो साउंड अच्छा नहीं था हमने यहां से रिमूव किया और मैं इस ट्रैक पर से इसको कर देता हूं डिलीट डिलीट के लिए मैं डिलीट वाला बटन प्रेस कर रहा हूं हट गई अब ये वाला जो इंप्रूव साउंड था इसको मैं ऐड कर लेता हूं यहाँ पे ट्रैक में ठीक है अब वो जो हमने मैग्नेट वाला इफेक्ट डाला हुआ था उसकी वजह से ही ये अपने आप सेट करता है अपने आप को स्टार्टिंग से डालनी है मुझे वीडियो के तो देखिएगा अपने आप रुकता है ये जब आप करेंगे तो आपको भी महसूस होगा मैं नहीं रोक रहा इसको ये अपने आप रुकता है वहां जाकर ठीक है तो अब ये इसके अंदर एड हो गया अभी साउंड तो खैर आप नहीं सुन पाएंगे लेकिन फिर भी मैं एक बार रन कर देता हूँ तो क्या हुआ कि हमने अपनी वीडियो में वो जो ओडेसिटी में हमने साउंड के अंदर एडिटिंग की थी वो इस प्रकार से हम इसमें ऐड कर सकते हैं ठीक है आपके वीडियो में साउंड ज्यादा है मतलब थोड़ा सा कई बार क्या होता है कि हम हेडफोन लगा के जब उस वीडियो को हम रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ कई बार क्या होता है कि जो माइक हमारा होता है उससे ज्यादा नजदीक आ जाता है हमारा तो साउंड ज्यादा उसमें रिकॉर्ड हो जाती है कई बार ये जो है दूर रह जाता है तो साउंड कम आती है तो मैं उसका इफेक्ट आप लोगों को दिखाता हूँ ये ट्रैक नंबर में जो ये है ये हमारी ऑडियो वाली फाइल है इस पर राइट क्लिक करता हूँ और वॉल्यूम पे जाता हूँ वॉल्यूम पे जाता हूं तो हमारे पास ऑप्शन आ जाते हैं रीसेट वॉल्यूम रीसेट करेंगे तो बाई डिफॉल्ट अपने आप ये ठीक कर देगा मतलब ठीक का मतलब कम ज्यादा कैलकुलेट करके कर देगा स्टार्टिंग क्लिप में कम करना है तो जैसे ओडेसिटी में प्रदीप सर ने, में ने हमें बड़े अच्छे से फेड इन फेड आउट सिखाया था तो यहाँ से हम कर सकते हैं कि शुरू में जो है आवाज कम आए और फिर धीरे धीरे बढ़ती चली जाए और लास्ट में जाके कम होती चली जाए तो ये स्टार्ट ऑफ क्लिप है तो यहाँ से अगर मैं शुरू में स्लो करूंगा तो शुरू में तो स्लो आएगी लेकिन एंड में फुल वॉल्यूम ही रखेगा क्योंकि मैंने स्टार्ट में किया सेकेंड है एंड ऑफ द क्लिप तो एंड में करना चाहे तो फेड आउट स्लो कर दीजिए तो लास्ट में जाके स्लो हो जाएगा एंटायर क्लिप में आप करना चाहें तो फेड इन फेड आउट इकट्ठा कर दीजिए तो शुरू में अपने आप कम रखेगा लास्ट में जाके अपने आप उसको कम कर देगा अब वॉल्यूम कम ज्यादा करना है तो यहाँ देखिए लेवल 100% करना है अगर वॉल्यूम कम है आपका उस वीडियो में तो आप यहाँ से लेवल 100% कीजिए पहले रीसेट कीजिएगा फिर सुनिएगा अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको फिर भी कम लगती है तो यहां से लेवल आप कर मैंने कई बार इसको टेस्ट किया है तो ये फेड इन फेड आउट वाला इसका ऑप्शन है जो ऑडियो में हम यूज करते हैं अब कुछ इसके अंदर इफेक्ट में आप लोगों को दिखाता हूं यहाँ पर बीच के अंदर बीच में कोई इमेज ऐड करनी है तो मैं कैसे करूं इसको अब ऑडियो वीडियो में से साउंडलेस करने का बहुत बड़ा बेनिफिट, अब आप लोगों को पता चलेगा कि क्यों मैं वीडियो में से साउंड हटा के उस साउंड को अलग कर लू उससे मान लीजिए यहां कहीं जाकर आपको आपने कोई एग्जांपल दिया है यहां पर जाकर जहां पर ट्वेंटी सेकेंड लिखा हुआ है अगर आप यहां पर इमेज एड करना चाहते हैं और वीडियो में आपके साउंड है तो आप उसको कट नहीं कर पाएंगे लेकिन अगर आपने वीडियो में से साउंड अलग कर लिया जैसे फिलहाल हमने एग्जांपल में किया हुआ है और यहाँ मान लो मैंने कोई एग्जांपल बोला और यहाँ मैं इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो यहां से इस वाले हिस्से को कट करूंगा लेकिन साउंड एज इट इज चलती रहे जैसे साइंस वाले अध्यापक हैं या मैं कॉमर्स वाला हूँ कहा कि बहुत सारे कार्ड तो नजर आ जाएगा जैसे की क्रेडिट कार्ड तो जैसे ही मैं बोलूंगा क्रेडिट कार्ड ऑटोमेटिकली वीडियो में ऑटोमेटिकली तो नहीं एडिट हम करेंगे तो वो डेबिट कार्ड नजर आएगा देखिए मैं आपको करके दिखाऊंगा ये वीडियो मैंने रन की मान लीजिए यहां पर मैंने बोला जैसे कि क्रेडिट कार्ड फॉर एग्जांपल क्योंकि इमेज में दूसरी लगाऊंगा तो आप सिर्फ एग्जांपल से समझ लीजिएगा यहां मैंने किया आपके पास में बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं जो आपको आसान लगे आप वो कर लीजिएगा यहां आप सीजर का यूज कर सकते हैं रेजर टूल का यहां मार्कर लगा सकते हैं आप जो भी आपको पसंद आए मैं थोड़ा सा उससे ज्यादा आगे वाली चीज आपको सिखा देता हूं मान लीजिए यहां आपको एड करना है आप राइट क्लिक कीजिए स्लाइस पे जाइए कीप बोथ साइड पे करिए आप अब यहां से दो हिस्से हो गए और एग्जाम्पल मान लो यहीं से शुरू हुआ है जैसे कि एनवायरमेंट चेंज मान लीजिए मैंने बोला जैसे कि यहां पर मैंने रोका इसको जैसे कि अब मैं बोल रहा हूं इन्वायरमेंट चेंज तो मान लीजिए इनवायरमेंट चेंज यहां आगे खत्म हुआ है चेंज तो मैं फिर से इसको कट करता हूँ सबसे पहले सिलेक्ट करना पड़ेगा स्लाइस करता हूँ अब करता हूं मैं की जाएगा अब देखिये यहाँ बीच में गैप हो गया अब ऑडियो में गैप नहीं हुआ आप ट्रैक नंबर फोर में देखिये पूरी की पूरी ऑडियो फाइल इकट्ठी है लेकिन वहां से वो पिक्चर खत्म हो गई मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ यहाँ हमारी वीडियो चल रही है यहां आके ब्लैंक आ गया यहां आके फिर से वीडियो आ गई मेरी तो यहाँ आप मैं एक इमेज ऐड कर देता हूं मैंने एनवायरनमेंट चेंज का किया तो मैं एनवायरनमेंट चेंज ही ऐड कर देता हूं यहाँ मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई थी एनवायरनमेंट चेंज की उसी को ऐड कर लेते हैं ये वाले आप ऐसे ट्रैक कर सकते हैं अपनी पिक्चर को किसी भी पिक्चर को या फिर प्लस वाले निशान से आप इम्पोर्ट भी कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगता आप वो कीजिए अब ये, ये काम नहीं करेगा, तो मैं इसको लेके आता हूं जहां मैंने इसको एड करना है वहां कीजिए अब आप, आप अगर आपका मैग्नेटिक वाला होगा तो यहां इसको पकड़ लेगा ये देखिए यहां पकड़ लिया इसको अब जो ये ब्लू ब्लू कलर का होता है ना ये बाइट डिफॉल्ट इफेक्ट आता है आप इसको हटा भी सकते हैं आप इसको रख भी सकते हैं मैं पहले रखने वाला आपको इसका बेनिफिट दिखाता हूं फिर हटा के दिखाता हूं इसको ये पूरा का पूरा इफेक्ट है हम इस इफेक्ट को छोटा कर सकते हैं इसके पे पकड़ के और यहां ले लेकिन इतना रखते है। अब मैं इसको करके दिखाता हूं आपको। मेरे ख्याल से आप देख पाए होंगे इस इमेज का हुआ क्या कहने क्या? का मतलब जब मैं यहाँ पर था तो मैं बच्चों को बोल रहा हूं कि जैसे कि हमारा इनवायरमेंट चेंज हो रहा है बहुत सूखा आ रहा है कहीं जगह बहुत बारिश आ रही है वहां पर बच्चों को एग्जाम्पल भी दिख गया और मेरी वीडियो भी कंटिन्यू चलती रही तो ये बीच में इमेज जो है वो बीच में ऐड करने का एक फायदा होता है मैं इस इफेक्ट को हटाना सिखाता हूँ बाई डिफॉल्टे अपने आप आता है आप इसको सेलेक्ट कीजिए डिलीट वाला बटन प्रेस करिए और ये हट जाएगा अब देखिएगा कैसा दिखाई देता है देखा आपने एकदम से क्या हो रहा है इमेज आ रही है और एकदम से वीडियो आ रही है अच्छा तो ये भी है कि जब मैंने बोला एग्जांपल आ गया और जैसे ही वो एग्जांपल की बात खत्म हुई तो वीडियो फिर कंटिन्यू शुरू हो गई लेकिन मैं चाहता हूं कि ये वाली इमेज जो है वो जूम करके आए तो कैसे होगा इस इमेज पे चलते हैं राइट right क्लिक करते हैं फेड इन फेड आउट अभी बताता हूं मैं आपको रोटेट भी हम इसको कर सकते हैं लेआउट भी इसका कर सकते हैं लेआउट मैं आपको पहले करके दिखाता हूं ये शुरू में आ गया देखिए वन फोर साइज सेंटर मतलब कि वन फोर्थ इसका साइज कर देगा और सेंटर में इसको रखेगा। लेआउट वन फोर साइज टॉप लेफ्ट टॉप में चला जाएगा आपने देखा होगा बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स जो होते हैं ना इस प्रकार से साइड में एक इमेज दिखा देते हैं हाथ का इशारा करते हुए देखिए जैसे कि ये पेन तो वो इमेज ऐसे ही जो है वो सेट करते हैं जैसा आप करना चाहें देखिए वन फोर टॉप लेफ्ट या बॉटम में जैसे भी आप करना चाहें इसमें आप कर सकते हैं वापिस एक बार अंडू कर देता हूं मैं इसको ये देखिए अंडू कर रहा हूँ ये वापिस आ गया वैसे ही Ctrl Z से undo हो रहा है, उट भी साथ के साथ के इसमें दिखाता हूं, देखिए स्टार्टिंग की उसमें करना है एंटायर क्लिप में करना है, सॉरी एंड में करना, पे करना है तो मैं आपको स्टार्टिंग वाला करके दिखाता हूं फेड इन स्लो देखते हैं इफेक्ट लग पाया या नहीं बिल्कुल अच्छे से काम किया इसने फेड बाद आया एक तरह का अलग इफेक्ट इसके अंदर जो है है वो क्रिएट हुआ बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ये एंड में भी एंटायर पे लगाएंगे तो दोनों तरफ काम करेगा शुरू में भी और लास्ट में भी ठीक है और दिखाता हूं इमेज का इफेक्ट आपको क्योंकि ये हमें बहुत ज्यादा यूज करना है राइट right क्लिक करते हैं ये टाइम वाला है कितनी जल्दी आएगा कितनी जल्दी नहीं आएगा ये जितने भी फंक्शन आपको दिखाई दे रहे हैं आप सभी इनको यूज करेंगे तब कर पाएंगे जब आप थोड़ी थोड़ी एडिटिंग करना शुरू कर देंगे एनिमेट पे चलते हैं एंटायर में देखिए पूरी की पूरी एंटायर का मतलब है पूरी की पूरी जितनी इमेज है उसमें पूरे में काम करेगा स्टार्टिंग करेंगे तो स्टार्टिंग में काम करेगा एंड ऑफ द क्लिप करेंगे तो एंड वाले ऑप्शन पे काम करेगा मैं एंटायर पे करके दिखाता हूँ देखिये जूम इन 50% से 100% परसेंट इसको करते चलिए आप देखते हैं कैसा दिखता है मेरे ख्याल से आप सभी को इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये काफी कैसे इमेज के इफेक्ट जो है हम लगातार चेंज कर रहे हैं अंडू कर देता हूं एक बारी चलिए और दिखाता हूं एक दो तो करके इसके अंदर फिर अगले स्टेप पे चलते हैं क्योंकि सभी के सभी तो आप जब करेंगे तभी आप लोगों को इसमें करने में आनंद आएगा देखिए एक इफेक्ट और दिखाता हूं आपको इसी के अंदर आ, राइट क्लिक करके जाते हैं, आ, एनिमेट में जाते हैं एंटायर क्लिप में जाते हैं अब देखिएगा जूम के अलावा जूम में तो आ गया 50 टू 100 परसेंट टू हंड्रेड रिवर्स में भी कर सकते हैं हंड्रेड टू वन आपको दिखाता हूं एक करके तो देख जी बीच में करें, एक एक बार करें क्वेरी है कैन वी चेंज द साइज ऑफ इमेज यस यस सर सर मैंने अभी करके करके दिखाया था मैं मैं फिर से करके दिखा देता हूं वेलकम hey, अंडू कर रहा हूं अभी ताकि हम बिल्कुल स्टार्टिंग वाले उसमें आ जाएं ये देखिए आप इमेज जिसका भी साइज आप कम करना चाहते हैं वीडियो का भी कर सकते हैं इमेज को सेलेक्ट कीजिए राइट क्लिक कीजिए ले आउट में जाइए और देखिये लेआउट में ऑप्शंस आपको नजर आ रहे हैं आप वन फोर्थ साइज कर सकते हैं इसका सेंटर में करना चाहें आप सेंटर में कर लीजिए। टॉप में करना चाहें टॉप में कर लीजिए मतलब क्या हुआ ओपन शॉट ने बहुत सोची समझी ऐसी ऐसी इसके अंदर अल्टरेशन मॉडिफिकेशन ऐड कर रखी हैं जिनका हम इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं ज्यादा से ज्यादा देखिए लेआउट में जाएं टॉप राइट जैसा आप करना चाहें इसमें सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं बॉटम लेफ्ट रोटेट करना चाहें रोटेट भी कर सकते हैं आप आ, यहां पर है रोटेट 90% 90% देखिए हो गया तो जैसे आप करना चाहें इसमें आप कर सकते हैं ठीक है अभी मैं आपको क्या दिखा रहा था एक और आ, इमेज के अंदर एक और ऑप्शन दिखाता हूं फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि इमेज में बहुत सारे ऑप्शंस हैं आप जब करेंगे तो आपको आ जाएंगे धीरे धीरे एनिमेट पे चलते हैं और एंटायर क्लिप में जूम वाला मैंने आपको करके दिखा दिया आप छोटे से बड़ा करके इमेज को दिखा सकते हैं या बड़े से बैक करते हुए छोटा भी आप दिखा सकते हैं सेंटर टू एज पे चलते हैं सेंटर टू एज में देखिएगा बीच से इमेज उठेगी और टॉप पे चली जाएगी मैं एक बार अंडू करता दू ताकि बुरी इमेज आ जा जाए ठीक है एनिमेट पे एंटायर क्लिप सेंटर टू एज के अंदर चार ऑप्शन आ गए सेंटर से टॉप में जाए सेंटर से लेफ्ट में जाए सेंटर से राइट में जाए सेंटर से बॉटम में जाए मैं एक दो करके दिखाता हूं आपको देखिए सेंटर से टॉप मैंने इस पर लागू कर दिया आप देखते हैं कैसे चलती है तो आपने देखा होगा जरूर मैं इसका यूज भी आपको तो बताऊंगा कि इसका बढ़िया यूज आप कैसे कर सकते हैं अभी तो इमेज के ऊपर इफेक्ट दिखा रहा हूं आपको सभी के सभी और देख लेता हूं कोई अगर जरूरी होता है तो कुलदीप जी जी जी A query आई है can we add PPT अगर कोई साथी चाहे तो बता भी सकते हैं हम एंड सेशन में कैसे कन्वर्ट करें बाकी आसान है कर, कर तो ये हो गया हमारा कुछ इमेज पे इफेक्ट अब कुछ और आपको इमेज एड कर, कर ली ये इसके वीडियो इसके साथ चिपका दी ये मैंने इसके साथ में चिपका दी अब कुछ इफेक्ट में आपको दिखाता हूं आप यहाँ पर जो ये ब्लैक कलर का सर्फेस है आप यहाँ पर राइट right क्लिक कर सकते हैं और हम जाएंगे ट्रांजेक्शन के अंदर अब देखिए पर कुछ हो गई हैं अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं ये सभी तो यूज कर सकते हैं ये देखिए कितने सारे हैं इसके अंदर मोर देन हंड्रेड हैं ये इफेक्ट मैं कोई दो आपको लगा के दिखाता हूँ आप सभी के सभी ट्राई कीजिएगा फिर उसके बाद क्या इसका जो है इफेक्ट हमारी वीडियो पे हमारी एडिटिंग पे पड़ता है मान लीजिए मैं लगाता हूं ये वाला बार रिम्पल इलेवन मैं लगाता हूं इसको यहां पर ऐसे ड्रैक करके आप इसको ला सकते हैं और इसको मैं कर लेता हूं थोड़ा सा छोटा लीजिए हाफ कर लिया इफेक्ट पे नजर दे देगा आप अपने अकॉर्डिंग जहां मर्जी फिट कीजिएगा मैं आपको इफेक्ट दिखा रहा हूं कि कैसे लगा सकते हैं और क्या उसका इफेक्ट रहेगा रन करता हूं वीडियो फिर से दिखाता हूं एक बार ऐसे सभी अलग अलग तरीके से काम करते हैं ये एक और लगा के दिखाता हूं आपको इसको हटाना है तो इसको सेलेक्ट कीजिए डिलीट वाला बटन प्रेस करिए हट जाएगा एक और दिखाता हूं वाला लगाते हैं इसको पकड़िए इसको और जहां लगाना चाहते हैं वहां छोड़ दीजिए इसको नॉर्मली ये शुरू में या लास्ट में लगाते हुए ज़्यादा इफेक्टिव नजर आता है लेकिन ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है आप कहीं भी पर लगा सकते हैं देखिए अच्छा करता हूं काफी अट्रैक्टिव आपको लगा होगा ये एनिमेशन हमारा ये देखिए इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हैं जितनी देर तक चलाना चाहें जितने कम समय तक चलाना चाहें इसके कॉर्नर को पकड़ के ऐसे कर सकते हैं हम ये पूरे के पूरे पे भी चल जाएगा देखिए मतलब डिले हो जाएगा टाइम लेगा बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा ये चलिए इसको मैं हटा देता हूँ रिमूव कर देता हूं तो इस प्रकार से हम ट्रांजेक्शन इसके अंदर एड कर सकते हैं तो वॉइस मैंने आपको ऐड करनी सिखा दी इमेज ऐड करनी सिखा दी एक और होता है लास्ट में जो हमने टाइटल और आपको बनाना सिखाता हूँ ये बीच वाली ये हटा देता हूं मैं जितने भी वीडियो क्लिप्स हो रहे हैं इमेज रख लेते हैं एक एक ये रख लेते हैं और एस वाली इमेज भी हटा देता हूं मैं आपको टाइटल लगाना सिखाता हूँ शुरू में मान लीजिए आप पर्सनल अपने यूट्यूब चैनल के लिए जो है वो डाल रहे हैं तो टाइटल कैसे बनाते हैं ये जो ऊपर टाइटल जो लिखा हुआ है फाइल एडिटर उसके बाद टाइटल तो उसके जस्ट नीचे जो टाइटल लिखा हुआ है, आप उस पर क्लिक कीजिए तो इस प्रकार से आ जाएगा तो यहाँ हम टाइटल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं मैं आपको एक करके दिखा देता हूँ जैसे मान लीजिए ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ आप रिव्यू दिखा रहे हैं टाइटल का सबसे पहला जो है वो फाइल नेम है इसको छेड़ने की आपको आवश्यकता नहीं है हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़े लाइन वन में टाइटल लिखा हुआ है यहाँ हम इसको चेंज कर सकते हैं जैसे मैं कर रहा हूं -E -S -S, रिस्क। आप इसका चेंज करना चाहें कलर तो चेंज कर सकते हैं मान लीजिए रेड कर देते हैं ये रेड कलर में हो जाएगा टेक्स्ट कलर से मैंने इसको चेंज किया और उसके बाद में इसको सेव कर दीजिए यहां ये छोटे से जो दो बटन बने हुए यहां से इसको क्लोज कर सकते हैं हम मैं क्लोज कर देता हूं इसको अब ये हमारा जो है टाइटल वाला आ गया जो हमने बनाया था मैं इसको उठाता हूँ और स्टार्टिंग में वीडियो पे रख देता हूँ फिर उसके साथ में अपनी वीडियो अटैच कर देता हूँ फिर ये इमेज जो हमने करी थी ये करी थी अब रन करता हूँ वीडियो देखिएगा कैसे लगे अब ये हमारा शुरू में टाइटल चल रहा है ये मैंने एक सैम्पल दिखाया है आप इसको और ज्यादा अट्रेक्टिव बनाने के लिए इसके शब्दों को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं और भी बहुत ज्यादा चीजें हैं इसके अंदर जो आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं इसी के ऊपर भी आप ट्रांजेक्शन लगाना चाहें तो लगा सकते हैं ट्रांजेक्शन लाइए और यहाँ आके इसको छोड़ दीजिए अब देखिएगा कैसा दिखता है और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाने के लिए और ज्यादा थोड़ा सा तरीका मैं आपको दिखाता हूं अगर थोड़ा सा और हम अट्रेक्टिव करना चाहें तो जैसे इसी को ही जो हमारा टाइटल है इसको थोड़ा सा बनाते हैं एक इसके अंदर मैंने छोड़ी और इसको आधा कर दिया फिर से मैंने उसी ट्रांजेक्शन को लिया और उस बचे हुए आधे हिस्से को मैंने कवर कर दिया अब मैंने क्या किया उस छोटे से हिस्से पे दो ट्रांजेक्शन लगाई है ये पहली वाली है ये दूसरी वाली मैं क्या करता हूं इस दूसरे वाली को रिवर्स कर देता हूं हम रिवर्स कर सकते हैं मतलब ट्रांजेक्शन का रिवर्स इफेक्ट आएगा एक बार मैं कर देता हूं फिर आप देखिएगा कैसी दिख दिया उम्मीद करता हूं आपको ये इफेक्ट पसंद आया होगा ऐसे सभी इफ़ेक्ट्स के ऊपर हम कर सकते हैं आपकी क्रिएशन पर डिपेंड करता है आप कितना इसको और ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा अट्रैक्टिव बनाना चाहते हैं खासकर जो छोटी क्लासेस में हमारे अध्यापक पढ़ाते हैं जहां पर इमेजेस का बहुत ज्यादा रोल है क्योंकि हम सबने इस चीज में कोई दोहराई नहीं है कल राजेंद्र जी ने भी हमें बताया था कि इमेजेस जो है वो हमें मेमोराइज करने में और बहुत ज्यादा लंबे समय तक याद करने में मदद करती है तो यहाँ इमेजेस पे बहुत बढ़िया इफेक्ट जो है वो इसका लग जाता है देखिए मैंने कुछ नहीं किया देखिए कि बस ट्रांजेक्शन का डबल इफेक्ट लगा दिया इसमें शुरू में नहीं आता फिर दिखता है और फिर धीरे धीरे गायब हो जाता है ये वाला ट्रांजेक्शन का इफेक्ट है हटा देता हूं मैं इसको ट्रांजेक्शन पे अब एक और मैजिक दिखाता हूं आपको मैं इसका जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगा इसी के ऊपर कर लेते हैं ये छोटी वीडियो है आपने देखा होगा वीडियोस में या इसमें भी आपको नजर आ रहा होगा इस वाली वीडियो में भी कैसे नाम जो है वो नीचे चल रहा है तो आप भी ऐसे वीडियो के नीचे अपना नाम चला सकते हैं कुलदीप बिर पीजीटी कॉमर्स वर्किंग इन गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल कलायत ऐसे जैसे न्यूज क्लिप जो है वो चलती रहती है हमने न्यूज़ चैनल में देखा है हम उसको भी कर सकते हैं मैं अब नीचे वाली लाइन बार मुझे चाहिए अब सेंटर वाली करना चाहे सेंटर भी हो सकती है लेकिन मैं तो बॉटम वाली जाता हूँ तो ये बार थ्री जो है आप सैंपल देखिए बॉटम में है हम इसके लाइन वन में इसको चेंज कर लेते हैं मैंने अपना नाम शो करना है और टेक्स्ट का कलर मैं चेंज कर लेता हूं। कर लेता लेता हूं हूं ब्लू इसका लग और सेव कर देता हूं इसको ये आ गया देखिए यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये अलग से इसको मैं ले जाता हूं इसके ऊपर और यहां जहां पर भी वीडियो को मैं वीडियो में अपना नाम दिखाना चाहता हूँ वहां छोड़ देता हूँ इसको और इसको मैं छोटा कर सकता हूं मैं छोटा कर लेता हूं इसके ट्रांजेक्शन इफेक्ट को मैं डिलीट कर देता हूं देखिए अब छोटा हो गया पहले मैं आपको दिखाता हूं कि ये कैसा दिखाई देता है फिर उसमें थोड़ा सा ट्रांजेक्शन हम लगाते हैं देखिए आपने देखा ना कैसे नाम आया और फिर उसके बाद अपने आप चला गया अब इसको हम जो है वो स्क्रोल भी कर सकते हैं कैसे करेंगे वैसे मैंने आपको दिखाया था लेकिन मैं फिर से करता हूँ आप इस वाले पार्ट को सेलेक्ट कर लीजिए, राइट क्लिक करजिए रोटेट में जाइए नहीं सॉरी रोटेट में नहीं एनिमेट में जाइएगा रोटेट में तो ऊपर नीचे 90 डिग्री 80 डिग्री पे करता है एनिमेशन में जाइए एंटायर क्लिप पे जाइए और एज टू एज इसको सेलेक्ट कर दीजिए मतलब कॉर्नर टू कॉर्नर ये चलेगा तो जैसे ही मैं एज टू एज करता हूँ तो टॉप तो से बॉटम में ले जाना है राइट से लेफ्ट में ले जाना है लेफ्ट से राइट बॉटम से टॉप जैसा भी आपको पसंद आया आपको ये छोटा कर दिया था मैंने वीडियो साइज की वजह से आपको इसको बड़ा करेंगे तो ये उतना ही स्लो चलेगा मतलब इसका साइज जितना बड़ा होगा इसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी इंक्रीज का मतलब ज्यादा समय तक स्क्रीन पे दिखाई देगा और अगर इसका साइज छोटा रहेगा तो इसकी स्पीड है डिक्रीज हो जाएगी मतलब स्क्रीन पे कम समय रहेगा। लेफ्ट राइट करना चाहें, लेफ्ट राइट कर सकते हैं अंडू कर देता हूँ चलिए मैं आपको स्लो ही करके दिखा देता हूँ मैं सारी ये फाइलें हटा देता हूँ एक बार के लिए और जो हमारी पहले वाली थी उसको ले लेता हूँ देखिए ये पूरी बड़ी स्लाइड है और यहाँ मैं इसको लगाना चाहता हूँ मैंने इसको पकड़ा यहाँ छोड़ दिया इसको ये बाई डिफॉल्ट जो है ना इसमें ट्रांजेक्शन कर देता है आप क्लिक करके इसके ट्रांजेक्शन को डिलीट कर सकते हैं अब ये ओरिजिनल रह जाएगा थोड़ा सा और बड़ा कर दिया मैंने ताकि लंबे समय तक दिखाई दे ट्रांजेक्शन लगाते हैं इसमें राइट क्लिक किया एनिमेट में गए स्टार्टिंग क्लिप में लगाना स्टार्टिंग की हमें जरूरत नहीं हम तो एंटायर पे लगाएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक एज टू एज में जाएंगे अब चलाते हैं हम राइट से लेफ्ट देखिएगा आप कैसे आता है मेरे ख्याल से आपको ये वाली चीज भी जो है वो अच्छे से जो है समझ में आई होगी कि कैसे न्यूज चैनल पे जो न्यूज नीचे नीचे चलती रहती है वो भी हम इसी प्रकार से जो है वो अच्छे प्रकार से इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं एक कॉपीराइट वाला जो हमारा टाइटल था उसका भी मैं आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे हम लास्ट में अपना कॉपी का जो है वो लगा सकते हैं इसमें सिम्बल तो मैं एक वो और लगा के दिखाता हूँ आपको मैं इसको पहले स्लाइस करके और लेफ्ट साइड रख लेता हूँ इसका छोटा कर दिया मैंने इसको अब एक ये बना हुआ है जो सा आप लेना चाहे वो ले लीजिए मान लीजिए ये ले, ले लेते हैं अब हमें पहला फाइल नेम हमें उसको छेड़ने की जरूरत है हमारे किसी काम का नहीं है सेकेंड लाइन में पढ़िए दिस वीडियो फीचर सॉन्ग सॉन्ग तो सौंग को हटा देते हैं हम क्योंकि हमारा सॉन्ग तो है नहीं सॉन्ग को तो रहने दीजिएगा दिस वीडियो फीचर यहाँ आपको टाइटल डालना है कुलदीप जी जी सर दो मैसेज हैं आपके लिए एक तो बलबीर जी कह रहे हैं थोड़ा सा करें, और हाउ टू एड टेक्सट ओके ठीक जी ठीक है तो एक बार ये क्रिएटिव कॉमन करते हैं फिर उसके बाद में टेक्सट एड करता हूँ फिर वाइंड अप करते हैं तो अब टाइटल यहाँ हम अपना डाल देंगे जो हमारा जिस पे वीडियो है है बिजनेस ऑथर का नाम लिख देंगे किसने बनाया है इसने इसको लाइन फोर में वेबसाइट का लिंक मांगता है हमारी कोई वेबसाइट होगी तो हम डाल देंगे नहीं तो हम इसको हटा देते हैं अवेलेबल अंडर इसको रहने दीजिए क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस का हमने पूरा का पूरा वो पड़ा था टेक्स्ट टेक्स्ट का कलर चेंज टेक्स्ट का कलर कलर चेंज चेंज करना आप कर सकते हैं मान लीजिए मैं ले लेता हूं। यहां पे ग्रीन और बैकग्राउंड का चेंज करना चाहे तो बैकग्राउंड का कर सकते हैं ब्लैक और सेव कर दूंगा मैं इसको अब मैं इसको ऐड करके दिखाता हूँ आपको ये मैंने ऐड कर दिया अब देखिएगा अब आप लोगों को मैंने ये तो सिखा दिया कि एकदम से जो इमेज आती है बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं लगती देखिए ऐसे लगता है जैसे कुछ एक्स्ट्रा सा कुछ एकदम से जबरदस्ती तो उससे बचने के लिए एक तो आप ट्रांजेक्शन का यूज कर सकते हैं यहाँ राइट क्लिक किया ट्रांजेक्शन आ गई जो आपको अच्छा लगे वो ले लीजिए या फिर राइट क्लिक कीजिए फेड इन फेड आउट जो रह गया था पे और फेड इन फेड आउट स्लो कर दीजिए इसको अब देखिएगा एक अध्यापक साथी ने पूछा था कि इसमें टेक्स्ट कैसे ऐड करें? वैसे तो तो जब हम वीडियो बनाते हैं तो उसमें सारी की सारी हमारी टेक्स्ट होती हैं, लेकिन फिर भी जैसे हमने इमेज को ऐड किया वैसे ही हम टेक्स्ट को भी शो कर सकते हैं मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि जैसे कि आ, फाइनेंस के जो है वो बिजनेस के सोर्सेज कौन से हो सकते हैं जैसे की बैंक जैसे कि पर्सनल फाइनेंस जैसे कि जैसे share, तो जैसे, जैसे कि शेयर। तो दिखा देता हूं, फिर उसके बाद में इसको क्लोज करता हूँ आइटल में जाता हूँ फिर से आइटल पर टिक करता हूँ तो ये देखिए ये क्लाउड वाला है ये बड़ा अच्छा लगता है वर्ड को दिखाने के लिए तीन वर्ड आपको दिखाने है, तो यहाँ पर थ्रीन वर्ड जो है वो इकट्ठे दिखाई जा सकते हैं या फिर टाइटल वाला भी ले सकते हैं हम ऐसा नहीं है कि हम इसको यूज नहीं कर सकते इसको कर सकते हैं लेकिन ये वाला जो है टाइटल वाला ये बड़ा अच्छा लगता है मैंने बहुत यूज किया है इसी को मैं आपको दिखाता हूं। फाइल का नाम आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है यहाँ आप क्या दिखाना चाहते हैं बैंक मान लीजिए इसके अलावा कुछ नहीं दिखाना चाहते सेकेंड लाइन वाले को हटा दीजिए हटा दिया कलर चेंज करना चाहे टेक्स्ट का कर सकते हैं बैकग्राउंड का करना चाहे तो कर सकते हैं और सेव हैं हैं हैं हैं ये आ गया हमारा इसको इसको आप आप आप मान लीजिए दिखाना चाहते हैं। यहां दिखा के छोड़ छोड़ दीजिए बाय डिफ़ॉल्ट ट्रांजैक्शन ऐड करता है आप इसको करके डिलीट कर सकते सकते छोड़ना चाहें तो छोड़ देखिए अब कैसे आएगा अब ये एकदम से ना आए तो आपको पता है कि क्या करना है राइट क्लिक करें फेड में जाए एंटायर क्लिप पे जाएं, फेड इन फेड आउट स्लो कीजिए और चला के देखें नरेंद्र जी, जी मेरी तरफ से तो इतना ही है नहीं एक ए, एक क्वेरी आ गई मैडम जी की कैन वी कॉपी पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम वर्ड या पीडीएफ थोड़ा इसका जवाब दे दीजिए देखिये कॉपी वर्ड से तो हम कहीं से भी टेक्स्ट तो पेस्ट कर सकते हैं लेकिन हमें उसको इफेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा तब यहां काम करेगा का, जैसे मैंने ये बैंक वाला किया आप जितने भी वर्ड दिखाना चाहें आप टाइटल में जाके और यहां से ये ट्रांजैक्शन चूज कर सकते हैं तभी वो वर्ड यहां पर दिखाई देगा अदरवाइज नहीं दिखाई देगा yes. जे, जे तो ओपन चोट में हालाकि बहुत सारी जो है वो अपरचुनिटीज इसमें अवेलेबल है लेकिन मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि ई कंटेंट क्रिएट करते समय आपको कौन कौन सी चीजें इसके अंदर जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं जो आपकी वीडियो को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती हैं वो मैंने लगभग सारी की सारी इंक्लूड की हैं फिर भी अगर कोई रह जाती है तो जब क्वेरी डे हमारा रहेगा मैं उसमें कुछ ना कुछ ले लूंगा